नमस्कार दर्शकों स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल एसट्रोविद आशीष पर उम्मीद है कि आप सभी लोग देखिए लाइव आ गए होंगे और अगर नहीं आए हैं तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से लाइव आ जाइए हमारा ये लाइव सेशन फ़ोन टेलीफोन विथ कंसल्ट के साथ शुरू होने वाला एस्ट्रोविद आशीष चैनल पर और आप लोग जो है टेलीफोन के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं नंबर जो है आप लोगों को पता ही होगा छियानबे ये नंबर है इस पर आप फ़ोन करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण सूक्ष्म विश्लेषण अति सूक्ष्म विश्लेषण करवा सकते हैं देखिए पांच लोग जुड़ गए प्लीज आप लोग लाइक कीजिए और दर्शकों पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं तो आज के लिए हम पंचांग बनाते हैं देखिए विक्रम संबंध दो हजार पचहत्तर 1940 संबत्त समय चल रहा है अषाढ़ कृष्ण पक्ष की जो है जो आज तिथि है ये रहेगी जो है हाँ झष्टी तिथि रहेगी रात को नौ बजकर पैतालीस मिनट तक इसके उपरांत सप्तमी तिथि लग जाएगी नक्षत्र भरडी रहेगा इक्कीस बजकर नौ मिनट तक की उसके बाद कृतिका नक्षत्र लग जाएगा सूर्य का नक्षत्र होता है कृतिका नक्षत्र और सूर्योदय की यदि हम बात करें सनराइज की बात करें तो सनराइज होगा प्रातः पांच बजकर उनचास मिनट पर सनसेट होगा अट्ठारह बजकर बाईस मिनट के बारे में बता देते हैं उससे पहले एक जानकारी दे दें कि हमारा ये जो राशिफल है ये चंद्रमा और नाम राशि दोनों पर आधारित है इसके साथ साथ ये जो पंचांग है ये इस बार लखनऊ को मानक मान करके बनाया गया है तो दिल्ली में यदि होंगे तो 10 मिनट का अंतर होगा बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा राहु काल की बात करते हैं प्रातः आठ बजकर सत्तावन मिनट से दस बजकर इकतीस मिनट तक का ये जो समय रहेगा राहुकाल का रहेगा और प्लीज आप जितने लोग भी देख रहे हैं फेसबुक पर जाकर एस्ट्रोबिद आशीष पेज को लाइक कर लें क्योंकि वहां पर मेरा पर्सनल ब्लॉग भी है तो वहां पर हम अपने ब्लॉग भी डालते हैं तो फेसबुक पर जाइए एस्ट्रोविद आशीष पेज आप टाइप करके उसको लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए शुभ कार्यो को करने के लिए अमृत मुहूर्त है शाम को चार बजकर छह मिनट से सत्रह बजकर तिरालीस मिनट तक की तो दर्शकों चूंकि आज जो ष्टी तिथि है तो ष्टी तिथि को तेल कर्म हमने कल आपको बताया था कि नहीं करना चाहिए मालिश नहीं करनी चाहिए सप्तमी तिथि जो होती है इसमें आंवला नहीं खाना चाहिए और ना ही दान करना चाहिए दोनों का त्याग जो बताया गया है इसके अतिरिक्त आपको चलिए हम जो है दिशाशूल की बात बता देते हैं शनिवार को पूर्व दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए यदि बहुत ही अति हो तो अदरक खा लीजिए घी खा लीजिए इसको खाने के बाद यात्रा कर सकते हैं तो अब बढ़ते हैं अपनी पहली राशि पर उससे पहले एक हम कॉल ले लेते हैं हमारे साथ जुड़े हैं सतीश तिवारी जी हेलो हाँ सतीश तिवारी जी स्वागत है आप सभी का आपका स्वागत है आपके ही चैनल एस्ट्रोविद आशीष पे अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए तीन अगस्त उन्नीस सौ पैंसठ पैंसठ ओके सेवन okay. हाँ हाँ 90, समय बताइए समय तीन तारीख के नाइट में है सुबह समय में ठीक है जी आपकी जो कुंडली है वृष्ट लग्न की कुंडली है मिथुन राशि है आपका क्वेश्चन क्या है बताइए मुझे तीन चार महीने से नहीं मिल में नौकरी, नौकरी, नौकरी कर रहा था जी नौकरी आपकी नौकरी कब तक मिलेगी आप प्राइवेट जॉब कर रहे थे देखिए जो आपका एर्थ हाउस का लॉर्ड है बृहस्पति बुद्ध में इस समय आपकी बुद्ध की महादशा में गुरु की अंतरदशा चल रही है और फोन रख देते हैं हम आपको चैनल पर ही बता दे रहे हैं आप चैनल सुनिए तो बुद्ध की महादशा में इनकी गुरु की अंतरदशा चल रही अष्टमेश गुरु इनका भी बना रहा है। इसलिए इनको इस समय कष्ट है जून दो हजार उन्नीस के बाद से अच्छा योग चल रहा है जॉब का उसके पहले छुटपुट जॉब मिलेगी लेकिन जून दो हजार उन्नीस के बाद से जॉब में स्थिरता आएगी स्टेबिलिटी आएगी कोशिश कीजिएगा प्रतिदिन सूर्य देव को आपको अर्घ देना है चलिए राशिफल पर बढ़ते हैं। हमारी जो पहली राशि आती है मेष राशि आती है आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो आज आप व्यवहारिक रहिएगा नौकरी पेशा लोग रूटीन कामों में कुछ नया करने की कोशिश कर सकते हैं चतुराई से काम ले आज दिन आपके लिए अच्छा रहेगा बिजनेस में कुछ नया काम करने का विचार आप बना सकते हैं इसके साथ साथ पार्टनर के साथ संबंध आज अच्छे रहेंगे घूमने फिरने कहीं बाहर जा सकते हैं नौकरी बदलने की बात आज सामने आती हुई दिख रही है फालतू कामों में आज खर्च मत करिएगा तो अच्छा रहेगा कोशिश कीजिएगा सॉफ्ट का यूज जितना अधिक कर सकते हैं कर लीजिएगा देखिए कितनी ज्यादा फोन आ रहा है हर समय फोन आ रहा है लेकिन एक राशि के बाद हम एक ही फोन कॉल लेंगे प्लीज आप लोग इस चीज को समझिएगा तो सॉफ्ट का यूज जितना ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं करिएगा शुभ कलर की बात करें तो येलो कलर आपके लिए शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक चार आपका आज शुभ अंक रहेगा आपको बी नाम और टी नाम के लोगों से सावधान रहना है अगली कॉल लेते हैं हेलो नाम हाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस ये तीनों चीज बताइए बाईस उन्नीस बाईस फरवरी उन्नीस सौ राइट उन् टाइम बताइए तो आपको बजे कहा का जन्म स्थान है अच्छा जी आपकी कुंडली कन्या लग्न की कुंडली है तुला राशि अपना क्वेश्चन बताइए जॉब से रिलेटेड हमको प्रॉब्लम यहाँ पर दिख रही है जॉब जॉब कब मिलेगी के लिए तैयारी कराओ एग्जाम जॉब आपको कब मिलेगी ठीक है हम आपको बता रहे हैं आप हमारा ये चैनल जो है देखिए हमारा फेसबुक पेज है वहाँ भी आप जाकर लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ उस पेज शेयर भी करिए सभी लोगों से गुजारिश है जब हम इतना छोटा सा ये काम आप लोगों का कर रहे हैं कि इस सेशन में जो है फ़ोन लाइव ले रहे हैं तो इतना तो बनता है फेसबुक पेज को को भी आप लोग लाइक कीजिए कीजिए कीजिए चैनल को जम कर शेयर सब्सक्राइब सभी के फोन लेंगे आज नहीं नहीं तो तो कल कल तो परसों सबका फोन लगे, लगेगा और सबसे हम बात करेंगे इनका क्वेश्चन है जॉब कब लगेगा तो देखिए अभी वर्तमान समय में जो आपके नौकरी का कारग्रह है ये बनता है बुद्ध और इस समय जो आपकी दशा चल रही है गुरु की दशा चल रही है जुपीटर आपका सेवेंथ हाउस का लॉल्ट हो गया है मार्केश बना रहा है आपका जुपिटर तो मानसिक रूप से भी बहुत परेशानी चलेगी जॉब मिलते मिलते आपको जो है रह जाएगी इंटरव्यू में जाते जाते आपका नहीं होगा आंते समय पे सिलेक्शन जॉब की जो क्वेश्चन आपने पूछा ये लगेगी 2019 अक्टूबर के बाद से योग बन रहा है अभी एक साल का समय है मेहनत करिएगा स्ट्रगल करिएगा कोशिश कीजिएगा कि की गुरु समान लोगों की इज्जत करिएगा आप लोग हमसे राम राम बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं हैं नमस्ते कोई जरूरत नहीं हमसे राम राम नमस्ते बोलने की आप अपने मम्मी पापा के पैर छूए अपने गुरु की सेवा करिए यही बहुत है चलिए इनको गुरु समान लोगों की इज्जत करने की हमने जो है सलाह दी है अगली राशि पर बढ़ते हैं वृषभ राशि आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो जात को कामकाज में सफल होने की आज पूरी कोशिश रहेगी लोगों को आज अपनी बात समझाने की आप पूरी कोशिश करेंगे काफी हद तक आज आप सफल होंगे कुछ जरूरी काम पूरे करने की कोशिश करें घर परिवार के लिए खरीदारी होगी खुशी मिलेगी परिवार का माहौल भी अच्छा रहेगा नौकरी और अपने निजी जीवन के बारे में कुछ अलग ही विचारधारा बन सकती है यात्राओं से आज कोई बहुत बड़ा काम पूरा होता हुआ दिख रहा है कुछ लोग आज आपकी बातों से सहमत नहीं होंगे लोगों से किसी भी तरीके की जबरदस्ती करने से आज, आज आपको बचना होगा अपोजिट जेंडर वालों की ओर आज आप आकर्षित होते हुए नजर आएंगे आज करना क्या है पीपल के वृक्ष पर आज, आज आपको जो है दूध थोड़ा सा चढ़ाना रहेगा शुभ कलर की बात करें तो आपके लिए व्हाइट कलर शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक पाँच आपका शुभ अंक रहेगा आर नाम और यू नाम के लोगों से सावधान रहना अगला फोन लेते हैं हेलो जी, जी प्रणाम हाँ जी प्रणाम बताइए अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस तीनों चीज तुरंत बताइए फिर से बताइए तो तो आपकी आवाज बड़ी डिस्टर्ब हो रही है फिर से बताइए अठारह तो दस उन्नीस सौ चौरानबे टाइम बताइए सुबह का पाँच बजे जी सर, बिल्कुल और एकदम ऐसी बात कर रहा हूँ ठीक है जी आपकी जो कुंडली है, क... है। कन्या लग्न की कुंडली है मीन राशि आप अपना क्वेश्चन पूछिए क्योंकि नौकरी से रिलेटेड क्वेश्चन यहां पर हमको दिख रहा है और दूसरा इस समय आपको चोट चपेट भी बहुत ज्यादा लगती होगी मानसिक रूप से बहुत ज्यादा आप इस समय परेशान हैं घर परिवार नहीं में भी बताइए फिर से पूछिए एक साथ 100 लोग काम करते हैं तो ये हमारा सफल होगा अच्छा चलिए ठीक है आपने पार्टनरशिप की बात की है सफल होगा कि नहीं होगा तो बिल्कुल जी ये आपका पार्टनरशिप सफल होगा ले, लेकिन कुछ लोग इसमें आपको जो है चीट करते हुए नजर आएंगे धोखा दे देंगे इससे आपको सावधान रहना है सेवेंथ हाउस का जो आपके लॉर्ड बनता है ये बनता है जुपिटर यहाँ पर चंद्रमा बैठा हुआ है और अगर हम और बात करें आपकी जो डीटेन चार्ज में हम बात करें तो यहाँ भी जो है सेवंथ हाउस की स्थिति मजबूत नहीं लग्न भी आपका काफी कमजोर है और इसका जो चंद्रमा का जो नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है जो कि बेसिकली शनि का नक्षत्र है तो यहाँ पर कुछ लोग आपको चीट करते हुए नजर आएंगे उनसे आपको सावधान रहना है कोशिश कीजिएगा फुलमून का पूर्णिमा का व्रत आप रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा चलिए मिथुन राशि की ओर बढ़ते जेमनी की ओर काम के अलावा आज आपके लिए आत्मसम्मान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेगा और कहीं ना कहीं आज वो आप खोते हुए दिख रहे हैं इसके साथ साथ धन लाभ के योग बन रहे हैं पार्टनरशिप में आज आपको फायदा होता हुआ दिख रहा है निजी जीवन में कुछ हो सकता उतार चढ़ाव देखने को मिले जीवन साथी के साथ संबंध आपके मधुर ना रहे इससे आज आपको बचना कोई खास प्रभावशाली व्यक्तित्व तो करता हुआ मदद करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है तो बहुत अच्छा है करीबी लोगों को आज आपकी कोई बात बुरी लग सकती देखिए सिक्सटी थ्री लोग देख रहे हैं और लाइक आए हैं केवल तेरा तो प्लीज आप लोग लाइक कीजिए नहीं तो ये टेलीफोन कॉल इतनी सारी आ रही है आपकी भी हो सकती है तो प्लीज इसके नाते एक लाइक तो आप लोगों को बनता और प्लीज को है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए भी हैं और बगल में बनी घंटी जरूर दबाइए करना क्या है आज मिथुन राशि के जातकों को, को। मिथुन राशि के जातक आज आप कोशिश कीजिएगा कि प्रेमी के साथ पहली बात तो संबंध मधुर बनाइएगा दूसरा जल में थोड़ा सा शहद डाल करके आपको पीपल के वृक्ष पर चढ़ाना है शुभ कलर की बात करें तो पिंक कलर आपका शुभ कलर है शुभ अंक की बात करें तो अंक दो यहाँ पर शुभ अंक है आपको एम नाम और एन नाम के लोगों से बचना है अगली फोन कॉल लेते हैं देखते हैं कौन है हेलो नमस्ते जी नमस्ते जी अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस ये तीन चीज बताइए मैम 20 सितंबर सितम्बर 20 सितंबर उन्नीस सौ टाइम बताइए सोमवार दिन था मिनट सुबह दो मिनट सुबह चार बज दो मिनट जो भी ज्योतिष के शोध कर रहे छात्र इस कुंडली जो हम ये टाइम बताते हैं आप लोग मिला लिया करिए शोध किया करिए देखा करिए और कमेंट में जाके आप लोग भी इनकी हेल्प कर सकते हैं जन्म स्थान आपका कहाँ का है ओके जी ठीक ठीक ठीक आपकी जो कुंडली है सिंह लग्न की कुंडली तुला राशि है राइट जी, जी. जी आप अपना प्रश्न पूछिए देखिए प्लीज एक चीज हम यहाँ पर टोकना चाहेंगे प्रभु जी मत कहिएगा आप अपने मम्मी पापा को प्रभु जी कहिए भगवान को कहिए प्लीज मेरा जो नाम है वो लीजिए या भैया कहेंगे तो हमको बहुत अच्छा रहेगा ये प्रभुर जी शब्द हमने कई बार टोका है प्लीज आप हाथ जोड़ के निवेदन है आपके हम पैर छूते हैं ये शब्द प्लीज मत बोलिएगा आप ठीक है हाँ हाँ भाई बिलकुल बिल्कुल भाई आप बोल सकती हैं मुझे में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है है मेरा डिग्री ही मिल और जो डीन चार्ट आपने देखा है इसमें बीनस नीच का है आप ये कह रही है राइट क्या? लेकिन आपने बीनस नीच का देखा है लेकिन जो टें जो है हाउस में वहां पर मिथुन राशि उदित हो रही है वहां पर आपने शायद सूर्य को नहीं देखा है जी, जी, उसको भी आप देखिए ना और जो आपका लग्न चार्ट है ना लग्न चार्ट में भी देखिए कि आपकी लग्न कौन सी है जी, जी. और आपके राहु केतु भी चलिए आपको हम अभी बताए दे रहे चैनल पर आप अपना जवाब सुनिएगा ठीक है कुछ हम आपको टिप्स भी दिए दे रहे हैं सबसे पहली चीज इनका क्वेश्चन है कि इनको डिग्री नहीं मिली है दूसरा इनका क्वेश्चन ये है कि ये बॉलीवुड में एक्टिंग के क्षेत्र में जाना चाहती हैं। ऐसा क्यों है सबसे पहले इनकी जो कुंडली है सिंह लग्न की कुंडली है लग्न में ही जो लग्न के मालिक बनते हैं लॉर्ड बनते हैं, बनते सूर्य सूर्य सूर सूर सेकेंड हाउस में चले गए हैं और लग्न में बैठा हुआ शुक्र काफी खूबसूरत होंगी काफी कलाव से युक्त होंगी और जो इनका टेंथ हाउस बनता है टेंथ हाउस के जो मालिक बनते हैं ये बनते हैं बीनस ये लग्न में ही बैठे हैं लेकिन इनका जो प्रश्न है कि क्यों नहीं ये आखिर में आ रही हैं देखिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल बॉलीवुड लाइन में करना पड़ेगा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा करना पड़ेगा केतु बैठा हुआ है केतु आपको रगड़ेगा माजेगा पॉलिश करेगा उसके बाद आप जाएंगी दूसरा एक सबसे बड़ी चीज हम बता दे राहु की सीधी दृष्टि भी देखिए उस पर पड़ रही है एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो ये दृष्टि पड़ रही है तो अभी बाधा है लेकिन आने वाले समय में आप जा सकती हैं उस लाइन में बिल्कुल जा सकती हैं लग्न कुंडली में शुक्र नीच का नहीं है पहली चीज हाँ शुक्र थोड़ा सा यहाँ पर जो है हम मानते हैं कि उष्ण जैसे सूर्य होता है गर्म प्लेनेट होता है और ये ठंडा प्लेनेट होता है तो 2000 हमको 21 के बाद इनकी कुंडली में योग दिख रहा है आपको देखिए करना क्या है सबसे पहली चीज तो अपने आपबिनस को स्ट्रॉन्ग बनाइए बीनस को आप स्ट्रांग कैसे बना सकती हैं तो फ्राइडे वाले दिन आप एक काम करिएगा शिवलिंग पर आप दूध चढ़ा सकती हैं गरीबों में दूध का दान आप कर सकती हैं दूसरा सूर्य को अपने जो लग्न का स्वामी है और यहां पर मंगल की यदि हम बात करें तो मंगल की अपने घर पर दृष्टि भाग के घर पर दृष्टि पड़ रही तो एक देशी कोरल एक देशी मूंगा आप यहाँ पर धारण कर लीजिएगा बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए मिथुन राशि तक खो गया था कर्क राशि की ओर बढ़ते हैं कर्क राशि के जात को आज का दिन बहुत अच्छा आपके लिए रहने वाला है कुछ नया करने की आज कोशिश कर सकते हैं दिन रोमांटिक रहेगा फलदाई रहेगा क्योंकि आज आपके कार्य करने की क्षमता भी बढ़ती हुई नजर आएगी निजी मामलों पर कोई स्थायी फैसला भी आज आपको लेना पड़ सकता है अपनी बात लोगों के सामने रखने में आज, आज आप बहुत ज्यादा उत्सुक रहेंगे आज जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेगा परिवार के साथ संबंध बहुत अच्छा रहेगा और किसी खास काम में भी आप सफल होते हुए नजर आएंगे किसी भी तरीके के निवेश के लिए समय अच्छा हो सकता है स्टूडेंट्स को सफलता मिलने के योग है पढ़ाई में आज आपका मन लगता हुआ नजर आएगा यदि आप कपड़ों से रिलेटेड कोई व्यापार कर रहे हैं तो आज आपको सफलता मिलेगी करना क्या है आज, आज आपको आज भगवान विष्णु जी के मंदिर में आज आपको पीले कपड़े का दान करना रहेगा इसके साथ साथ शुभ कलर की बात करें तो व्हाइट कलर आपका शुभ कलर है शुभ अंक की बात करें तो अंक आपका शुभ अंक है आपको एन नाम और बी नाम के लोगों से सावधान रहना है अगली राशि पर आगे बढ़े उससे पहले एक टेलीफोन कॉल लेंगे लेकिन प्लीज देखिए प्रोग्राम बहुत लंबा जा रहा है सभी लोगों का हम जवाब नहीं दे सकते जैसे इन्होंने अभी पूछा था तो कायदे से तो जन्मकुंडली का विश्लेषण एक मिनट में नहीं हो सकता है मोटा मोटा एक रफली आइडिया लग जाता है अब हम इसमें इनकी लग्न कुंडली दशा क्या कहता है कहा गोचर क्या चल रहा है तो दो मिनट पांच मिनट में नहीं हो पाता इसमें समय सही होता है तो प्लीज देखिए जहां तक की हमारी हो सकती है मदद कर रहे हैं लोगों की और करते भी रहेंगे लेकिन आप लोगों से गुजारी से यदि अपनी जन्मकुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं और यदि आप सक्षम है आर्थिक रूप से यदि आप सक्षम हैं फीस पेड करने की और पेड करके कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है क्योंकि जो ये अंश है आपका जो पैसा आता है अभी तो हमने कई चीज़ें वीडियो नहीं डाली है आपको दिखाएंगे कि उस पैसे का यूज कहाँ होता है तो आप लोग भी जान जाएंगे कि हम किस टाइप के हैं किस मेजॉरिटी के हैं ठीक है हमें कोई आपके पैसों से बहुत लगाव नहीं है परिवार की कुछ जरूरतें होती हैं तो उस भाई इसको जो है पेशा है मानते हैं लेकिन अपने लिए हम कुछ नहीं करते हैं अगली टेलीफोन कॉल ले लेते हैं हेलो प्रणाम हां जी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम और प्लेस ये तीन चीज बताइए ये मेरा बीस नवंबर उन्नीस सौ अठहत्तर टाइम है रात के एक बजकर पंद्रह मिनट में ये 19 की रात में 12 बजे के बाद हुए हैं हा, हा, के बाद मतलब तो हो गया था अच्छा रात रात को में कितने बजे झारखण्ड का आपकी जो कुंडली है सिंगल लग्न की कुंडली है कर्क राशि है माई राइट right? नहीं सर तो सब वृश्चिक राशि बताता है कल्याण लग्न में एक मिनट जी नवंबर नवंबर। है सर। आप लोग प्लीज बीस तीस, तीस, तीस ये थ्री जीरो जी। लग्न की कुंडली वृश्चिक राशि है जी। आपका चंद्रमा अस्थ है मंगल अस्थ है उसके बाद चंद्रमा आपका नीच का भी है देखिए वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच का हो जाता है आपका गुरु उच्च का है आप अपना प्रश्न पूछिए फिर हम आपको जो है सॉल्यूशन चैनल पर ही बता देते हैं बताइए मुझे मेरा प्रश्न है कि क्या मेरे अंदर अच्छा जी दिक्कत आपकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है हालांकि मैं अभी प्राइवेट काम कर रहा हूं लेकिन मतलब समाज में तो चाहिए ये उसके बाद नीचभंग राजयोग भी बना हुआ है क्योंकि मंगल चंद्रमा ठीक है मंगल स्वाग्रही यहाँ पर हो गया है और एक यहाँ पर यदि हम कहें तो आपके कुंडली में जो है रोचक महापुरुष योग का निर्माण भी हो रहा है और सूर्य का आदित्य योग है घर परिवार से आप काफी स्ट्रॉन्ग होंगे आपको जो है हर एक चीज का सुख ठीक मिला होगा इस समय आपकी जो शुक्र की दशा चल रही है ये कुछ गड़बड़ है हम आपको चैनल पर बता रहे हैं ठीक है इनका जो क्वेश्चन है इनको बोल रहे हैं कि अपमानित बहुत होते हैं अपमान बहुत मिलता है देखिए जी सबसे पहली चीज हम बता दें जो लग्न है लग्न ही आपका जो है संक्रमित है संक्रमित का मतलब हुआ सिंह लग्न की कुंडली लग्न में ही शनि बैठा हुआ है सूर्य शनि को अपना शत्रु नहीं मानता है लेकिन शनि सूर्य को अपना शत्रु मानता है सूर्य की कोई दृष्टि भर दृष्टि भी नहीं है लग्न पर लेकिन अब देखिए यहां पर शनि ये सब खेल कर रहा है लग्न क्या होता है लग्न आप खुद होते हैं आपका जो गौरव होता है ये लग्न होता है आपकी जो ख्याति होती है ये लग्न होता है रूप रंग आकृति वर्ण ये लग्न होता है तो इन सभी चीजों से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम आ रही है ठीक है ये प्रॉब्लम आ रही इस समय तो शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र में राहु का अंतर इनका चल रहा है लगभग दो हजार लास्ट प्रॉब्लम अभी रहेगी और फाइनल ये जो खत्म होने की बात पूछ रहे हैं ये अभी खत्म होती हुई भी नहीं दिख रही अभी इस समय इनको प्रॉब्लम ज़्यादा है क्योंकि सूर्य स्वाग्रही हो गया देखिए तो स्वाग्रही हो गया है तो कुछ प्रॉब्लम इनके साथ अभी रहेगी लेकिन फाइनल रूप से अभी ये शांत होते हुए नहीं दिख रहे हैं कोशिश कीजिएगा आप अपने ऊपर खुद नियंत्रण रखिएगा आत्मसंयम रखिएगा भ्रामरी प्राणायाम हमारी एक पर्सनल सलाह है आप सुबह और रात्रि ये दोनों टाइम करेंगे तो यकीन मानिए दिन बदलते देर नहीं लगेगी हमारा भी कुछ तजुर्बा है कुछ अनुभव उसके आधार पर हम आपको कह रहे हैं चलिए राशिफल से ज्यादा तो हमारी बात करने में ही समय चला जाता है खैर कोई बात नहीं आप ही लोगों का प्यार है स्नेह बनाए रहिएगा और लाइक करते रहिए आप लोग लाइक बहुत कम कर रहे हैं सिंह राशि की ओर बढ़ते हैं सिंह राशि की जात आज आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज्यादा रहेंगी सफलता मिलेगी आज आज आज कोई कोई नए जॉब का होता हुआ दिख रहा है अपने बारे में में महत्वपूर्ण फैसला आज आप लेते हुए नजर आएंगे ऑफिस आज आज आपको पूरा मान सम्मान और महत्व मिलेगा इनकम और सेविंग दोनों ही आज होती हुई दिख रही है आज आप निवेश का यदि मन बना रहे हैं तो अच्छी बात है सोचे हुए कार्य आज, आज आपके पूर्ण होते हुए नजर आएंगे इसके साथ खुद को प्रूफ करने के लिए उच्च अधिकारियों की नज़र में बहुत अच्छा दिन है दूसरों के भरोसे पर मत रहिएगा ये बहुत अच्छा रहेगा और आज नशा मत करिएगा नॉनवेज का सेवन मत करिएगा करना क्या है आज आपको काल जल्दी उठिए और पीपल के वृक्ष पर जाइए जल चढ़ा कर आइए शुभ कलर की बात करें तो आपके लिए आज व्हाइट कलर शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक पांच शुभ अंक रहेगा जी नाम और ओ नाम के लोगों से आज, आज आपको सावधान रहना है कन्या राशि पर आगे बढ़े उससे पहले एक टेलीफोन कॉल ले लेते हैं हेलो हलो हलो, हलो? चलिए ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं तो कोई बात नहीं कन्या राशि की अब हम चलिए चर्चा कर लेते हैं कन्या राशि के जात एक देखिए फोन कॉल और आ गई है चलिए ले लेते हैं इनका फोन कॉल हेलो हेलो अपनी आप बर, टाइम और प्लेस ये तीनों चीज़ ये। दो हजार ग्यारह शाम ऐसी चार बजकर दो हजार ग्यारह अच्छा ये आपके बालक की है क्या ये हमारे मेरा नाम शर्मा है और मुझे बारे में भी है। हम सबके बारे में नहीं बता पाएंगे ये जो आपने डेट ऑफ बर्थ दी हम इनके बारे में बता देंगे। टाइम में है सोलह बजकर पैतालीस जन्म स्थान कहाँ का है ओके जी इनकी जो कुंडली है तुला लग्न की कुंडली है कर्क राशि इनका क्वेश्चन बताइए क्या है मजबूत है और क्या रहेगा इनका जी चलिए चलिए ठीक है, है इनका जो क्वेश्चन है इन्होंने बहुत कुछ क्लियर नहीं किया है लेकिन चलिए 2011 हजार ग्यारह की ये कुंडली है तो अभी पढ़ाई से रिलेटेड हम बताए दे रहे हैं पढ़ाई से रिलेटेड ये बालक बहुत कुछ करेगा बहुत अच्छा करेगा क्योंकि जो फिफ्थ हाउस के लॉर्ड बनते हैं ये बनते हैं यहाँ पर शनि तो शनि इनको टेक्निकल फील्ड में ही आगे ले जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक के लाइन में इनको ले जाएंगे करना क्या है सबसे पहली चीज तो देखिए इनका राहु नीच का है तो राहु का दान जितना ज्यादा हो करा दीजिएगा कोई गोमे से मत पहनाइएगा इनको अभी मत पहनाइएगा दूसरा शनिवार वाले दिन यदि संभव हो तो कुछ लोहे की चीज जो होती है लोहे से बनी हुई चीज होती है वो आप किसी गरीब को दे सकते हैं चाकू हो गया चिमटा हो गया तवा हो गया ये दे सकते हैं अब कहेंगे आप शनि का दान क्यों करवा रहे ट्वेल्थ हाउस में शनि बैठा हुआ इसलिए ये हम छोटा सा दान करवा रहे हैं चलिए कन्या राशि की ओर बढ़ते हैं तो आज जरूरत पड़ने पर आज उच्चाधिकारी आपकी हेल्प करते हुए यहां पर नजर आएंगे आज कॉन्ट्रैक्ट बनाने का बहुत अच्छा दिन है अपने विचार साफ रखिएगा मेहनत का आज पूरा नतीजा आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा कन्या राशि वालों के लिए कुछ नए रास्ते मिलते हुए नजर आएंगे अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में आज आप पूरी तरीके से सफल होते हुए नजर आ रहे हैं बहुत से मामलों में आज आपको सावधान रहना होगा मेहनत ज्यादा हो सकती है कामकाज ज्यादा होने के कारण जरूरी और खास लोगों से मुलाकात होने के योग हैं आप कई तरीके से आज हो सकता है कि पार्टनर हो या समय नहीं है कोई लव पार्टनर आज आपको हो सकता है सरप्राइज शाम तक की देता हुआ दिखे तो ये आपको मिलता हुआ नजर आएगा कन्या राशि के जातकों आज करना क्या है सौफ का जितना अधिक सेवन कर सकते हैं करिएगा पूछेंगे आप सौफ के सेवन से भाई इसका क्या मतलब होता है सौफ खाने के बाद शरीर में ऐसे केमिकल बनते हैं जो आपके जो मूलाधार मूलाधार चक्र होते हैं जो आपके बॉडी के अंदर हार्मोन होते हैं उनको बैलेंस करते हैं बस यही एक लॉजिक है शुभ कलर की बात करें तो पिंक कलर शुभ कलर शुभ अंक की बात करें तो नंबर सिक्स शुभ अंक किनसे किनसे सावधान रहना है तो पी नाम और ए नाम ये मेरा भी नाम है तो आप सभी लोग सावधान रहिएगा खैर हमसे कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी कन्या राशि के बाद टेलीफोन कॉल लेनी है लेकिन एक जरूरी जानकारी आपको दे दें कि यदि आप ये तो लाइव सेशन चल रहा है इसके बाद ये अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप रात में 10 से साढ़े दस ग्यारह बजे के बीच जो भी प्रभु इच्छा तक ये हमारा लाइव कार्यक्रम चलेगा हर इच्छा तक तो आप टेलीफोन के माध्यम से जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं भाग सकते हैं इसमें जो है हिस्सा ले सकते हैं करना क्या है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन दबाइएगा हमारी नोटिफिकेशन आप तक जो है आ जाएगी और फिर आप भी फोन के माध्यम से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण सूक्ष्म विश्लेषण करवा सकते हैं लघु विश्लेषण करवाने के लिए आपको जो है मुद्रा दक्षिणा जो भी आप कह लीजिए भाई आप लोग भी वर्क करते हैं काम करते हैं तो पैसा आप लोग भी जो है देखिए गवर्नमेंट से पाते हों चाहे जिससे पाते हों लेते हैं तो उसी तरह हमारा भी प्रोफेशन है चलिए नेक्स्ट कॉल कॉल लेते हैं एक मिनट जी हेलोलो हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार गुरु, गुरु जी फिर मत कहिए देखिए आप फिर हमने अभी एक लोगों को टोका था ना प्रभु जी हाँ, ना गुरु जी ये सब भैया कहिए भैया मेरी एक मिनट तीन जून नाइनटीन एटी थ्री समय 90, क्या है ओके ओके ओके एक मिनट जी तिरानबे दिन था गुरुवार हाँ, जी शाम को छीस छीस अठारह बजकर चालीस मिनट जन्म कहा कहा स्थान कहाँ कहाँ है अच्छा जी चलिए आप तो पड़ोसी है वृश्चिक लग्न की कुंडली है वृश्चिक राशि है चंद्रमा नीच का हो गया चंद्र राहु का ग्रह दोष हो गया मानसिक रूप से हमेशा बहुत ज्यादा इतना छोटी सी सोच को इतनी सी जो है अगर छोटी सी सोच होगी तो सोच को उसको बिल्कुल पहाड़ विंध्याचल पर्वत बना देती होंगी सही कह रहे हैं जी, जी, जी। आपके चेहरे पे मस्तक पर स्तर पर कोई चिन्ह होगा मसे का निशान हो चोट का निशान भी होगा हाँ, हाँ, है चलिए ठीक है अब हम आपको अपना जो है प्रश्न पूछिए बताइए फिर हम आपको बताते हैं मैं अभी मुझे है। जी। तैयारी कर रही हूँ पीएचडी तो कर पाया मतलब नहीं जी और शादी वादी क्या है लव मैरिज चलिए देखिए एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण न आप एक बार ऐसे भी करवा लीजिएगा अभी हम कुछ चीज़ें बता देंगे एक दो मिनट में कोई चीज क्लियर नहीं होती है आप भी जानती होंगी आपका जो पहला प्रश्न है इनको देखिए हम लाइन पे ही लिए हुए हैं एस्ट्रोलॉजी क्या है हमने तो इनको देखा नहीं कभी इनकी फोन कॉल आई हमने उठा लिया इनके साथ साथ इनको हम बहुत कुछ अभी बता सकते हैं ये जो है प्रॉब्लम बता रही थी जो है लव मैरिज का ये सब ये सब इसमें कुंडली में दिख रहा है लेकिन आपको यकीन दिलाने के लिए भाई हमने तो इनको देखा नहीं हमने क्या कहा कि आपके चेहरे पे मस्तक पर कोई चोट का निशान या मसे का निशान होना चाहिए एक फार्मूला आप लोग जो है याद कर लीजिए यदि आप भी ज्योतिष के छात्र हैं लग्न लग्न में जब भी शनि राहु केतु ये कोई बैठा होगा यकीन मानिएगा आंख बंद करके भविष्यवाणी कर दीजिएगा कि उस जातक के मस्तक पर सर पर कोई चोट का निशान अवश्य लगा होगा इनका जो प्रश्न है कि ये पीएचडी करना चाहती है आगे गवर्नमेंट जॉब का योग है तो 200 परसेंट आपकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का योग है टीचर बनने का योग है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है इसको कोई नहीं काट सकता है हमने प्रशन की है भविष्यवाणी की है तो डंके की चोट पे की है नहीं होता साफ साफ कह देते अभी नहीं है बुद्ध में राहु का अंतर चल रहा है वैसे भी आपको न्यूरो से भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाएगी बैक पेन से रिलेटेड दिक्कत आएगी सोच सोच के रहती है ना ये सब दिक्कत आपको ठीक है जी चलिए ठीक है आपको करना क्या है देखिए सबसे पहली चीज तो फुल मून का व्रत रह सकती है तुरंत उठा लीजिए पूर्णिमा फुल मून मतलब होता है पूर्णिमा पूर्णिमा का व्रत आपको उठाना है दूसरा एक हम जेमस्टोन बता रहे हैं इसको आप पहन लीजिएगा पुखरा जाता है कोशिश कीजिएगा अगर नहीं पहन सकती हैं तो उसका उपरत में आता है सुनहला ये सुनहला आप पहन लीजिएगा और प्लीज आप देखिए फेसबुक पेज पर जाकर हमारा फेसबुक पेज लाइक कर दीजिए और अपनी जन्म कुंडली का विस्तृत विश्लेषण आप प्लीज करवा लीजिए एस्ट्रोलॉजी होता क्या है आप लोग देखिए और समझिए चलिए तुला राशि की ओर बढ़ते हैं तो तुला राशि के जात को माफ करिएगा इतना लंबा यह राशिफल खिंच रहा है आप लोगों का कीमती डाटा इसमें जा रहा है इसके लिए हाथ जोड़ क्षमा है लेकिन क्या करें जो परेशान लोग हैं अगर उनकी हम कुछ मदद कर देते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है राशि के जातकों रोजमर्रा के काम और मेहनत से आज आपका जो है सभी मनोरथ सिद्ध होता हुआ नजर आ रहा है पैसों को लेकर धैर्य रखिएगा पैसों की स्थिति में जल्दी ही अच्छा बदलाव आ सकता है ऑफिस में आज कोई बहुत बड़ा काम भी आज आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है कैरियर में कुछ बहुत बड़े फैसले आपको लेने पड़ेंगे उनसे आज आपको फायदा हो सकता है आज कई मामलों पर लोग आपसे सलाह लेंगे उनको सही सलाह दीजिएगा संतान के स्वास्थ्य को लेकर आज आपको सावधान रहने की जरूरत है नई नौकरी का योग बन रहा है साइन करने से पहले नई नौकरी के पे अच्छे से पेपर वर्क चेक करने के बाद ही कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करिएगा लव लाइफ के मामलों में अच्छा दिन है यदि अभी तक आप अविवाहित हैं तो विवाह में बदने का योग दिख रहा है करना क्या है आज, आज आपको देखिए सबसे पहली चीज तो दशरथ कृष्ण शनि स्त्रोत का पाठ करिए दूसरी सबसे बड़ी चीज हम बताना चाहेंगे केसर का तिलक मस्तक जुबान नाभि पर आपको लगाना रहेगा शुभ कलर की बात करें तो आपके लिए स्काई ब्लू कलर शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक दो आपका शुभ अंक रहेगा वृश्चिक राशि की बात और बढ़ते हैं हाँ आर नाम और सी नाम के लोगों को तुला राशि वालों को सावधान रहने की जरूरत है वृश्चिक राशि आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो कोई खास काम पूरे करने की आज आप प्लानिंग बनाएंगे कामकाज में मन लगेगा सोच समझ बात करें तो अच्छा रहेगा शब्दों का सनी का प्रयोग करिएगा की अंतिम चरण चल रहा है तो अपने कमर का और पैरों का विशेष ध्यान दीजिएगा प्रेमी जीवन साथी या अन्य महत्वपूर्ण रिश्तेदारों के लिए कुछ समय निकालना पड़ सकता है दूसरों की मदद से भी आज आपके सोचे हुए कार्य पूर्ण होंगे कोई ऐसा काम हो सकता है या योजना बन सकती है जिससे आने वाले दिनों में आपको बड़ा फायदा होता हुआ दिखे कुछ गलतियों से आज हो सकता है पूर्व में किए गए गलतियों से कुछ पश्चाताप हो आपको कोई परेशानी हो पार्टनर से सहयोग मिलेगा घूमने बाहर जा सकते हैं आज करना क्या है दशरथ के शनि स्रोत का पाठ करिए भगवान भोलेनाथ पर गंगा जल और जल से अभिषेक करेंगे बहुत अच्छा रहेगा उपाय हमने आपको बता दिया शुभ कलर चलिए बता देते हैं व्हाइट कलर शुभ कलर शुभ अंक आपका एक है और आपको पी नाम और यू नाम के लोगों से सावधान रहना है धनु राशि तो आज आपके मन में कई तरीके की इच्छाएं रहेंगी कैरियर में आगे बढ़ने की योजनाएं आज होती हुई नजर आ रही है आज करियर में बदलाव का योग यहां पर जो है सितारे दिखा रहे हैं नौकरी में कामकाज में बदलाव होने का योग दिख रहा है स्थान परिवर्तन का योग दिख रहा है नई तकनीकी सीखने का मौका आज आपको मिल सकता है किसी सौदे को लेकर आज आपको हो सकता है कोई गुड न्यूज मिले फायदे के लिए बनाई गई आपकी योजनाएं सफल होंगी यात्राओं का योग है खास करके धार्मिक यात्राओं का योग दिख रहा है मेहनत ज्यादा होगी थोड़ी बहुत परेशानियां भी आज रहेंगी भावनाओं में आकर कोई ऐसी बात कह सकते हैं जो आपके लिए परेशानियों का कारण बन जाए अपोजिट जेंडर वालों को अपशब्द मत कहिएगा स्त्री हो तो पुरुष पुरुष हो तो स्त्री और बहस मत करिएगा आज आप लोग लव लाइफ में सावधान रहने की जरूरत है करना क्या है धनुराज के जात को? तो आज जल में शहद डालकर भगवान भोलेनाथ को अभिषेक करना है शुभ कलर की बात करें तो येलो कलर आपके लिए शुभ कलर है और अंक पांच आपका शुभ अंक है टी नाम और आर नाम के लोगों से सावधान रहना है कैपरी कौन पर बढ़े उससे पहले एक फोन कॉल ले लेते हैं हेलो हेलो हाँ, हाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस तीन चीज बताइए सत्ताईस अगस्त उन्नीस सौ सत्ताईस अगस्त उन्नीस टाइम क्या है पंद्रह बज के दस मिनट जन्म स्थान कहाँ का है शनिवार और इलाहाबाद हाँ पता है जी आपकी धनु लग्न की कुंडली है मेष राशि आप अपना क्वेश्चन पूछिए सर तैयारी कर टारगेट भी आलोक हाँ, को मैं जानता हूँ यूट्यूब यूट्यूब पे, पे सर, और सर, वो कोचिंग जो खोले हैं जी जी बताइए अपना क्वेश्चन बताइए था। देखिए बहुत इलाहाबाद के हैं चलिए ठीक है आप फोन रखिए और हमारा फेसबुक पेज भी जाकर आशीष पेज लाइक कर लीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए ठीक है हम आपके क्वेश्चन का जवाब आपको दे रहे हैं ठीक है ऑनलाइन हाँ आप यूट्यूब पे देखिए हम दे रहे हैं चलिए इनका क्वेश्चन है कि ये इलाहाबाद में है, सिविल सेवा की तैयारी करते हैं तमाम छात्र इलाहाबाद में सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं उन्हीं में से ये एक है इनकी धनु लग्न की कुंडली है मेष राशि है लग्न के मालिक जो बनते हैं ये बनते हैं जुपिटर जुपिटर एकादश स्थान में चले गए नौकरी का जो इनके कारक ग्रह बनता है वो बनता है बुद्ध और बुद्ध भाग्य के घर में बैठा हुआ है इनका जो प्रश्न है कि क्या इनकी जॉब लगेगी और टेंथ हाउस में बैठा हुआ शुक्र शुक्र बैठा हुआ है कन्या राशि में नीच का होकर के तो नौकरी की जो इन्होंने बात पूछी है अपर में सिलेक्शन बहुत मुश्किल है कि हो लेकिन यहाँ पर आप प्लीज घबराइएगा नहीं मेहनत करिएगा सिलेक्शन होगा ऊपर का पद भले ना पाए लेकिन नीचे का कोई पद लोअर पीसीएस का पद समीक्षा अधिकारी रिव्यू ऑफिसर का पद ये सब पाते हुए यहां पर नजर आएंगे सूर्य को प्रतिदिन उगने के आधे घंटे के अंदर आपको अर्घ देना अनिवार्य रहेगा तो ये तो था इनका प्रश्न चलिए कैप्री मकर राशि की ओर बढ़ते हैं आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है सहयोग और समझौते से आज आप आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे आपको तारीफ और सम्मान मिल सकता है साथ वाले लोगों में आज आ, काम जो कर रहे हैं मिलकर करिएगा अन्यथा कुछ वाद विवाद होता हुआ नजर आ रहा है आज आज आसपास के लोगों से से सहानुभूति रखें रोमांस में में में समय बीतेगा बहुत मामलों मामलों आप सफल होंगे आपको कुछ धैर्य भी रखना जरूरी है पैसों और संपत्ति से जुड़े महत्वपूर्ण सौदे हो सकते हैं थोड़ी परेशानियां आएंगी गलतियों पर बहस और सफाई देने की स्थिति आज बनती हुई नजर आ रही है बिजनेस पार्टनर प्रेमी या जीवन साथी आज, आज आपसे नाराज होते हुए नजर आएंगे आपको आप के पारिवारिक संबंध आज अच्छे रहेंगे कोई पुराने कोट का बहुत अच्छा रहेगा शुभ कलर की बात करें तो शुभ कलर है आपका ब्राउन शुभ अंक की बात करें तो अंक आठ आपका शुभ अंक है आर नाम सी नाम के लोगों से सावधान रहना होगा कुंभ राशि की ओर बढ़ते हैं कुंभ राष्ट्र जातको आज मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है नए और उपयोगी काम की शुरुआत होने का योग है पिता के साथ संबंधों में मधुरता आएगी आपके व्यवहार में आज कुछ बदलाव होता हुआ दिख रहा है दोस्तों और भाइयों का सहयोग मिलेगा दिन भर काम ज्यादा रहेगा आज आपके काम की तारीफ होती हुई नजर आ रही है प्रातः काल से ही यात्राओं का योग बन रहा है तमाम फोन आ रहे हैं किसके उठाए किसके ना उठाए आप लोग भी जो है भर भर कर गाली देते होंगे कि अरे साइलेंट पे लगा रखे की बैटरी डाउन हो तो चलिए इनका फोन उठा तो लेते हैं ये सेवन सिक्स एट डबल जीरो थोड़ी देर बाद इनसे हम बात कर रहे हैं आज ज्यादा पैसों का जो भुगतान होता है इसको मत करिएगा अपने पैसों की आज, आज आपको बचत करनी रहेगी कामकाज में समय ज्यादा लग सकता है करना क्या है भगवान भोलेनाथ पर जल में मिश्री डाल करके अभिषेक करिए दिन बहुत अच्छा जाएगा शुभ कलर की यदि हम बात करें कुंभ राशि के जातकों के लिए तो ब्लैक कलर शुभ कलर रहेगा शुभ अंक की बात करें तो अंक चार आपका शुभ अंक रहेगा आपको ए नाम और टी नाम एम नाम के लोगों से सावधान रहना है अगली राशि पर आगे बढ़े उससे पहले ये जो टेलीफोन कॉल हमने ले ली है इनसे बात करते हैं हेलो हाँ जी राम राम जी अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम डेट ऑफ बर्थ है आप तो पिता तुल्य हैं जी समय बताइए हाँ, उन्नीस सौ हाँ जी तो हो गया टाइम सर टाइम हाँ, ग्यारह बजकर पचास सुबह जी जन्म स्थान कटक कटक, कटक। स्थानीस उड़ीसा के आ, आपकी आ, जो कुंडली है सिंह लग्न की कुंडली है मिथुन राशि है हाँ जी करेक्ट है जी जी आप अपना क्वेश्चन पूछिए फिर हम आपको सोलूशन चैनल पर ही बता रहे हैं सर ये थोड़ा आप आ तो ऑलरेडी बहुत अच्छे पद पे हैं काम में कुछ डिस्टरबेंस होगी कई जॉब आप पाए होंगे छोड़े होंगे पाए होंगे छोड़े की महादशा चल रही है सर सर वही बात है और अभी अभी भी आप बहुत परेशान है केतु में चंद्रमा का अंतर चल रहा है उसमें शुक्र फिर राहु स्थिति सर हम आपको उपाय बताए दे रहे हैं चैनल पर और हमारी पर्सनल यही सलाह है देखिए आपको तो एस्ट्रोलॉजी का भी नॉलेज होगा मैं मैं है आप बराबर बोले एक से कोशिश जी आप कोशिश कीजिएगा सर देखिए एक दो मिनट में एस्ट्रोलॉजी नहीं हो पाती है Okay. जी तो हम आपको कुछ उपाय बता दे रहे हैं इसको आप डेली रूटीन में अपने ले आइए कम से कम 21 दिन तो करिए ही उसके बाद आप कुछ मत करिएगा जो हमारा ऑफिशियल नंबर है 9450641221 hmm. उस पर एक फीडबैक दे दीजिएगा कि आपके साथ क्या क्या मतलब अच्छाया होनी शुरू हो गई है okay, okay. और हमारा फेसबुक पेज और इस चैनल को जमकर शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ठीक है सर ठीक हाँ सर ठीक ओके जी हम आपको सोल्यूशन बताते हैं देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर सॉल्यूशन के तौर पर आपको बताना चाहेंगे प्रातः काल आप जितनी जल्दी उठ सकते हैं उठिए सूर्योदय से पूर्व उठिए टहलने जाइए और भ्रामरी प्राणायाम यहाँ पर आपको करना है दूसरा सबसे बड़ी चीज जीवन दान देना है किसको जीवन दान देना है किसको देना है बताइए नॉन वेज पर आपको नहीं खाना है तो आप जान जाइए किसको देना है दूसरा स्वस्थ शब्दों का प्रयोग करिए आय के इनके दो स्त्रोत है नौकरी भी करते हैं या बिजनेस भी करते हैं अपना नहीं करते हैं तो पत्नी के माध्यम से करते हैं लेकिन ये करते हैं इनके हंड्रेड एंड टेन परसेंटर है जेम स्टोन देना देना की यदि हम बात करें तो आप रूबी धारण कर सकते हैं हालांकि केतु की दशा चल रही है बहुत ज्यादा इफेक्टिव तो नहीं होगा लेकिन हाँ कुछ तो आपको राहत मिलेगा ही मिलेगा रूबी सेवन कैरेट का आप पहन सकते हैं और सूर्य का रू भी हमने इसलिए बोला क्योंकि चंद्रमा के ही नक्षत्र में है रोहिणी नक्षत्र है कोई विशेष मेजर फॉल्ट इसमें नहीं मेजर प्रॉब्लम नहीं है तो ये आपको करना है तीसरी सबसे बड़ी चीज हम आपको बताने जा रहे हैं ये आप पूर्णिमा का व्रत रखिए फुल मून का आप व्रत रखिए फेमस होंगे प्रसिद्धि पाएंगे चलिए कई उपाय हमने देखिए इनको बता दिया एक प्रश्न में कितने मिनट लग जाते हैं आप लोगों को भी बहुत असुविधा होती है अंतिम राशि मीन राशि क्या कहता है आज का राशिफल प्लीज देखिए आप लोग क्षमा करिएगा ये जो राशिफल इतना लंबा हो रहा है भावनाओं को समझिएगा आप भी हो सकते हैं अगला हो सकता है तो अपने आप को उसके स्थान पर भी देखिए आज कामकाज से जुड़े कुछ खास बदलाव होने की यहाँ पर जरूरत है नए विचारों पर आज काम करना होगा कोई गुड न्यूज आज आपको मिलती हुई नजर आएगी प्रेमी से मन की बात कहने के लिए बहुत अच्छा समय है आज अपनी बातों से लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश में आज आप सफल होंगे आज आपकी सेविंग बढ़ती हुई यहां पर नजर आ रही है महंगी चीज खरीदने के बारे में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गैजेट आप खरीदते हुए नजर आ रहे हैं कोई ना कोई समस्या आज अचानक से आपके सामने आ जाएगी प्रातः काल से यात्राओं का योग दिख रहा है आज लव पार्टनर की आपकी पहल का इंतजार है भावनाएं और संबंध नए स्तर पर पहुंचेंगे फोन हमने देखिए उठा लिया है आप लोग ये मत कहिएगा कि आप फोन नहीं उठाते हैं करना क्या है आज आपको आज जल में हल्दी डाल दीजिएगा और पीपल के वृक्ष में आज आपको चढ़ाना है शुभ कलर की बात करें तो व्हाइट कलर शुभ कलर है शुभ अंक की बात करें तो अंक पांच शुभ अंक है एस नाम और ई नाम और जी नाम के लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है अंतिम कॉल ले रहे हैं हेलो नमस्कार जी हाँ सर नमस्कार जी अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस तीन चीज बताइए ये बारह उन्नीस सौ छिहत्तर टाइम बताइए सर रात्रि बता दो बजकर बीस मिनट दो बजकर जन्म स्थान कहाँ का है शुक्रवार दिन था उस दिन जन्म होता है जी, जी। आपकी जो कुंडली है ये तुला लग्न की कुंडली है मकर राशि है जी सर हाँ जी अपनी आप प्रॉब्लम बताइए आपको तो जो है जीवन साथी के साथ भी प्रॉब्लम फेस करनी हो रही होगी और कार्य क्षेत्र में भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हाँ सर। क्या है काफी टाइम पे मतलब में है वो प्रॉब्लम में था। अभी आपका यूट्यूब सर अपनी प्रॉब्लम बताइए यहाँ पर ज्यादा बात करने का समय नहीं रहता सर कर मेरी में रहे हैं। मैं से है। मकर राशि है इनका क्वेश्चन है कार्य क्षेत्र में ये सफल नहीं हो पा रहे है सबसे पहली चीज जो है कार्य क्षेत्र में कैसे आप सफल हो शनि बैठा हुआ है और सामने जो है देखिए चंद्रमा बैठा हुआ फोर्थ हाउस में चंद्रमा अपने घर को पूरी दृष्टि से देख रहा है और शनि चंद्रमा को देख रहा है यहाँ पर दोनों को बैलेंस करने की आवश्यकता है यहाँ पर सलाह यही देंगे कि सोमवार को आपको भगवान शिव को अभिषेक करना होगा दूध से शनिवार वाले दिन आपको पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाना होगा और जितना हो सके अपने आप वीनस को स्ट्रॉन्ग करिए वीनस भी आपके करियर के घर को देख रहा है तो दर्शकों ये तो था हमारा राशिफल और और इसमें हमने हमने कई लोगों के फोन फोन फोन कॉल कॉल लिए जितना अधिक हो सकता था हमने लिया और अभी भी आ रहे हैं तो प्लीज आप लोग फोन मत करिए अब ये हमारा प्रोग्राम अभी समाप्त हो गया दस बजे से हम जो है हो गया एक घंटा लगभग होने वाला है तो दर्शकों फिर हम आपसे कल मिलते हैं आपके इसी चैनल पर तो दीजिए अपने जोशी को इजाजत अपने देखिए फोन आ रहा है हमारा भी मन होता है उठा ले, उठा ले चलिए लेते हैं हेलो हाँ, अरे सर आप ही हैं हमने आपको उपाय बता दिया सर प्लीज देखिए अब आप लोग बार बार अगले को भी मौका दीजिए तो फोन हमने उठा लिया जाते जाते कि, कि किसी का भला हो जाए लेकिन अब क्या कहना कोई बात नहीं चलिए खैर अब इसको उल्टा का देते हैं जी जी अपने इस जोशी तब तक के लिए नमस्कार राम राम आपका दिन शुभ हो मंगलमय हो और हां दर्शकों प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए बगल में बनी घंटी जरूर दबाइए तब तक दर्शकों राम राम और प्लीज नो प्रभु जी नो गुरु जी केवल भैया कह सकते हैं और जो हमारे पिता तुल्य है उनको हम पिता तुल्य की भी संज्ञा दे देते हैं